हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में तो दोस्तों आज से हम रियक्ट JS की ट्यूटोरियल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों लगभग इस सीरीज में 80 टू 90 वीडियोस होंगे हम बेसिक से लेके एडवांस तक ए हो गया रिटक्स हो गया लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर करेंगे और आगे चल के हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ जो है डेली बेस पे जल्दी से जल्दी देख सकें ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट तो करते हैं आज का टॉपिक तो पहले हम देखेंगे रिएक्ट के बारे में आज जो है आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे रिएक्ट क्या है किस तरीके से काम करता है आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्ट का ठीक है तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है रियक्ट जेस इज जवा लाइब्रेरी ठीक है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसिस तो रिएक्ट जेस जो है वो एक जावा की लाइब्रेरी है ठीक है और इससे क्या होता है एक आप यूजर इंटरफेस बना सकते हैं अब दोस्तों यूजर इंटरफेस क्या होता है यूजर इंटरफेस मतलब जो आप ब्राउजर की स्क्रीन पे देखते हो फॉर एग्जाम्पल आप जो भी अभी अपने डिवाइस में देख रहे हो जो भी आपकी स्क्रीन पे आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये एक यूजर इंटरफेस है यूजर इंटरफेस का मतलब यही होता है कि जो यूजर को जो है दिखाई देता है जो आउटपुट यूजर से इंटरेक्ट होता है या यूजर उससे इंटरेक्ट होता है उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं ठीक है अब सेकंड है हमारा टॉपिक आज का रिएक्ट इज अ जावाज स्क्रिप्ट लाइब्रेरी नोटा फ्रेमवर्क दोस्तों काफी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कुछ लोग रियक्ट को जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी समझते हैं कुछ लोग जो है फ्रेमवर्क समझते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि रियक्ट जेस जो है वो जावजक्रिप्ट की लाइब्रेरी है वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है अब दोस्तों लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में काफ़ी डिफ्रेंस होता है काफी मेजर डिफरेंस है दोनों वर्ड में ठीक है ना तो जो भी होगा डिफ्रेंस हम आगे देख लेंगे अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिएक्ट जेस जो है वो एक जावज की लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क नहीं है ठीक है React पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग ऑसम यू आई जैसे कि हमने आपको आगे बताया UI जो होती, यूजर होती है यूजर इंटरफेस होती React की मदद से आप जो है UI को अच्छी तरीके से अच्छी से अच्छी UI बना सकते हैं आसानी से UI बना सकते हैं और एक ब्यूटीफुल जो है लुक दे सकते हैं लेआउट दे सकते हैं UI दे सकते हैं ठीक है इससे क्या होता है यूजर इंटरेक्शन जो है बढ़ जाता है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट लाइड पर चलते हैं दोस्तों अभी हम थोड़ी बात करेंगे रिएक्ट की हिस्ट्री के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्ट वॉज फर्स्ट डिजाइन बाय जॉर्डन वॉक React को डिजाइन किया गया था जोर्डन वोक द्वारा जो कि फेसबुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो कि जो है फेसबुक न्यूज फीड के लिए इसको 2011 में बनाया गया था दोस्तों आपने देखा होगा Facebook में एक सेशन होता है न्यूज फीड का तो उसके लिए इसको बनाया गया था React को ठीक है उसमें इसको जो है ट्राई किया गया था फेसबुक में फिर फेसबुक में जो है वो सक्सेस हो गया और उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया उसको ध्यान में रखते हुए दो में रिएक्ट को जो है ओपन सोर्स कर दिया गया था अब दोस्तों रिएक्ट जो है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है न्यूज फीड स्पीड में अप्लाई किया था दोस्तों रिएक्ट का वर्क क्या होता है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियट किस तरीके से काम करता है देखिए रिएक्ट जो है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे वर्क करता है ठीक है क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब क्या होती है फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पे दो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट खोल रखी है यूट्यूब जो है वर्ल्ड की नंबर वन वेबसाइट है ठीक है और विकीपीडिया जो है वो भी ठीक है तो YouTube जो है वो भी रिएक्ट का यूज करता है तो इसलिए इसके थ्रू मुझे समझाने में आपको आसानी होगी अब देखिएगा क्लाइंट साइड टेंडरिंग क्या होती है फॉर एक्जाम्पल देखिए अभी हमने YouTube का एक पेज खोल रखा है अभी ये सेल्स डिपार्टमेंट है इस पर हमने क्लिक किया है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लिक करेंगे ओगी पे फॉर एक्जाम्पल ये लिखा हुआ है ओगी अंदर गोखरे जिसका जो टैब है एक्चुअली में ओगी देखता रहता हूँ काफी इसलिए टैग दिखाई दे रहा है तो देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया है मैं फिर से दिखाऊंगा आपको देखिये अभी जैसे हम सेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो है ब्राउजर रिलोड नहीं होगा पूरा ब्राउजर रिलोड नहीं होगा सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन रिलोड होगा और वो भी जो है सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होगी मतलब ये जो रिफ्रेश का टैप जो है ये हमारा नहीं घूमेगा ये क्लाइंट साइड पे ही जो है रेंडर हो जाएगा ठीक है जैसे हम सेल्स पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे रिलोडिंग नहीं होगी और सिर्फ इतना कंपोनेंट ही हमारा रिलोड होगा ये देखिए जैसे हमने टैप किया देखिए रिलोडिंग नहीं हुई और हमारा जो है सेल्स का फीड खुल गया इस तरीके से आप जो भी यूट्यूब पर खोलते हैं साइड के जो हमारे कम्पोनेंट है जैसे भी हम खोलेंगे जो भी कंपोनेंट तो इसमें जो है हमारा जो है रिलोड नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जो है वो भी वो कई जगहों पे रिएक्ट का यूज़ करता है ठीक है तो रिएक्ट जो है इस तरीके से काम करता है इससे आप क्लाइंट साइड एंडरिंग कर सकते हैं जिससे क्या होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और काफ़ी फास्ट जो है आपकी वेबसाइट जो है या जो भी आपका वेब एप हो वो काफ़ी फास्ट जो है लोड होता है ठीक है अब देखिए अब अगर हम बात करेंगे कि जो एप्स वेबसाइट्स रिएट को नहीं यूज करती फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया देखिए अभी हम विकीपीडिया पे आ चुके हैं ठीक है अब जैसे हम देखिए अभी हम रीड के सेक्शन में जैसे हम व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्राउजर है हमारा पूरा रिलोड होगा ये जो इसकी इसकी जो मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट जो है जाएगी सर्वर पे और वहां से जो है रिस्पॉन्स आएगा इस वजह से जो है हमारा ब्राउजर रिलोड होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जैसे हम यहाँ पे व्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये जो रिलोड हो रहा है देखिए ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया यहां पर सर्वर साइट लेंडरिंग है मतलब सर्वर से आंसर आता है मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है उसके बाद हमको वेबपेज मिलता है बट रियक्ट में क्या होता है कुछ पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो क्लाइंट साइट पर एक साथ में सेंड कर दिया जाता है जिसको आप अगर उसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्लाइंट सर्वर साइड पे नहीं जाता है वो क्लाइंट साइट से ही आपको जो है रिस्पांस उसका मिल जाता है जिससे क्या होता है आपके एप्लीकेशन की जो है स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है ठीक है दोस्तों और देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लगता है तो चलिए अब आगे बात करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा सी और एस मतलब क्लाइंट साइट और सर्वर साइड टेंडर में ये हमारा डिफरेंस था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको डीप में जो है समझाएंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हिस्ट्री टेब में आप समझ के होंगे चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं रिय वाज फर्स डिसाइड बाई जॉर्डन वॉक अटवेर इंजीनियर फॉर फेसबुक न्यूज फीड अराउंड दो ठीक है रियट जो है फेसबुक के इजीनियर जॉर्डन वॉक द्वारा बनाया गया था 2011 में किस लिए फेसबुक की न्यूज फीड को अपग्रेड करने के लिए ठीक है फिर 2013 में जो है उसको ओपन सोर्स कर दिया गया देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है रेट वॉस ओपन सोर्स एट जे कॉन्फ्रेंस दोस्तों ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है तो चलिए एक बार के लिए हम आपको रिएक्ट का जो ऑफिशियल पेज है गिटहब पे देखिए गिटहब पे आप जैसे टाइप करेंगे गिठप डॉट कॉम स्लैस फेसबुक स्लैस रिएट तो देखिए ये जो है रिएक्ट का पूरा कोड है दोस्तों तो तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि पूरा कोड जिस पे वो बनाए वो पूरा कोड ऑनलाइन दे दिया जाता है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है मीनस अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप सजेशन दे सकते हैं और जो टीम्स के काफी एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो उस सजेशन पे आपके वर्क करेंगे अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपका जो भी सजेशन होगा उसको रिएक्ट में ऑफिसियल रिएक्ट में उसको इंप्लीमेंट कर जाता है तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है दोस्तों सजेशन हैं, जिसको करते हैं तो आप जो है कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ठीक है तो यह होता है ओपन सोर्स का मतलब ठीके? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते अब बात करेंगे हम अबाउट रिएक्ट रिएक्ट के बारे में जानेंगे तो दोस्तों रिएक्ट जो है पहले जो हमने लिख रखा है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच दोस्तों आप कंपोनेंट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों कंपोनेंट को ये जो वर्ड है कंपोनेंट इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूरा जो रिएक्ट की सीरीज है वो एक हिसाब से आप देखोगे तो पूरा कंपोनेंट बेस्ड वर्क है यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है तो यहाँ पर हमने एक इमेज बनाई हुई है आपको आसानी से समझाने के लिए तो देखिए ये फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने एक इमेज बनाई है कंपोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेब पेज है ठीक है ये हमारा हेडर है ये हमारा कंटेंट है और ये हमारे जो है कार्ड्स है तीन एक बार के लिए इसको ऐसा समझ लीजिए ठीक है अब देखिए जो हैडर जो है हमारा रेड कलर का अब हैडर आपने देखा होगा हर लगभग हर पेज में वेबसाइट का हेडर जो है यूज होता है जिसमें वेबसाइट का टाइटल होता है और नेविगेशन बार होते हैं तो हम क्या करते हैं हम हर पेज में जाकर हैडर को टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आप हेडर का एक कंपोनेंट बना सकते हैं जैसे कि टू नंबर का यहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया हैडर का अब आपको जहाँ पे भी हैडर को रिप्लेस करना है तो वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ ये टू लिख देंगे या जो भी नाम से आप कंपोनेंट बनाएंगे वो नाम लिख देंगे तो पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो आप आसानी से जो है प्लेस कर सकते हैं आपको फिर से पूरा कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से आप जो है कार्ड्स भी जो है हमारे देखिए कार्ड्स हैं तो आप कार्ड्स के भी कंपोनेंट बना सकते हैं और उन्हीं कंपोनेंट को आप जो है बार बार यूज़ करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हो और आप काफ़ी सारे कोड को लिखने से बच सकते हैं इससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो वर्किंग स्पीड है जो वो भी बढ़ जाएगी ठीक है तो ये जो रिएक्ट कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं ठीक है देखे? अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास के रिएक्ट जो है वो डिक्लेटिव अप्रोच को यूज़ करता है दोस्तों डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच से आप जो है अच्छे से अच्छा इंटरफेस बना सकते हैं और मतलब जो भी आपकी डिमांड हो उस तरीके का आप अप्रोच इसको बना सकते हैं ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है जैसे हम प्रैक्टिकल सेसन में जाएंगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको थियरटिकल थियरटिकली नहीं समझा सकता बराबर से तो मैं उसको आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा ठीक है फिर तीसरा है हमारा डोम अपडेट्स आर हैंडल ग्रेसफुल डोम जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो उसको भी जो है ये काफी अच्छे से जो है हैंडल करता है ठीक है फिर आता है रियुजेल कोड जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी मैंने आपको बताया चलिए एक बार फिर से मैं आपको कंपोनेंट वाले कंपोनेंट वाली हमारी इवेंज दिखा सकता हूँ री कोड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हेडर का एक कंपोनेंट बना लिया ठीक है अब उस कंपोनेंट को हम बार बार यूज कर सकते हैं जहां भी हमको हेडर का यूज करना है वहां हम इस कंपोनेंट का आसानी से यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे रीयूजबल कोड का यही मतलब होता है ठीक है अब आता है रिएक्ट डिजाइन फॉर स्पीड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोस्तों पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यूट्यूब और यूट्यूब का पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा यूट्यूब और विकीपीडिया का तो यूट्यूब में हमने क्या देखा वहाँ पे एस एस देखा हमने सर्वर साइड रेंटरिंग जिससे क्या होता था एक बार में हमारा डेटा लोड हो जाता था और हमको जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते थे तो जो है वो सर्वर के पास रिस्पॉन्स सर्वर के पास नहीं जाती थी रिक्वेस्ट वो सीधा क्लाइंट साइड से ही रेंडर हो जाती थी जिससे क्या होता था हमारा टाइम बचता था ठीक है अगर रिएक्ट का यूज नहीं करेंगे हम तो क्या होगा हम किसी भी रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो रिक्वेस्ट पहले जाएगा सर्वर पे और सर्वर से रिस्पांस आएगा उसके बाद हमको आउटपुट दिखेगा तो क्या होता है ये लेंदी प्रोसेस था जिसको रिएक्ट में जो है काफी रिएक्ट का रिएक्ट का जो है ये मैं कहूँगा आपको कि ये मोस्ट पॉपुलर ये रिएक्ट का जो फायदा है दोस्तों आप ऐसे सर जो है काफी बेनिफिशियल है काफी और इससे स्पीड भी बढ़ती है और काफी डिजाइन भी काफी अच्छा होता है इससे ठीक है तो ये था इसका रिएक्ट इज डिजाइन फॉर स्पीड स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटिंग ठीक है अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक द एप्लीकेशन सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी इसके, दोस्तों इसकी मदद से आप इस एप्लीकेशन को जो है सिम्पलिसिटी दे सकते हैं सिंपलिसिटी मतलब जैसे हमने अभी देखा अपने कंपोनेंट वाले सेक्शन में हम पर्टिकुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं उन कंपोनेंट्स को ज्यादा जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी वहाँ हम कम्पोनेट्स का यूज कर सकते हैं इससे क्या होता कि वेबसाइट की सिंप्लिसिटी बढ़ेगी आप वेबसाइट में आपको ज़्यादा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक बार एक कंपोनेंट बना लोगे उसी कम्पोनेंट को आप रि कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये है इसकी सिंप्लिसिटी और स्केलेबिलिटी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि हम रिएक्ट को यू क्यों यू यूज यू करते हैं वाई रिएक्ट तो दोस्तों पहले तो है क्रिएटेड बाई फेसबुक दोस्तों फेसबुक आजकल के टाइम पे फेसबुक सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट है ठीक है सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक फेसबुक के द्वारा क्रिएट किया गया और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा आजकल जो फेसबुक को नहीं जानता होगा तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फेसबुक कितना पॉपुलर है और रिएक्ट कितना मतलब इसके अलेबल है मतलब फेसबुक के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है तो उसकी भी कितनी वैल्यू है ठीक है ना एक वैल्यूएबल कंपनी द्वारा बनाया गया समझाने का मतलब यही है आपको बताने का मतलब कि एक वेल कहते हैं ना हम लोग के एक नामचीन कंपनी द्वारा बनाया गया है तो उसके क्या होता है बेनिफिट्स काफी होते हैं क्योंकि हर कंपनी को जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है तो इसको अपनी रेपुटेशन का ख्याल रहेगा तो इनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो भी इस तरीके के ही होंगे आसान भाषा में यही इसका मतलब होता है ठीक इट इज़ अूज कम्युनिटी ऑन गीठब दोस्तों गीठहब में इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है अब कम्युनिटी का फायदा क्या होता है गीट में कम्युनिटी का फायदा ये होता है अगर आप रेड के प्रोजेक्ट पर काम कर लें आपको कोई भी एहर आ रहा है आप सिंपली वो एरर को कॉपी करिए और गूगल पे जाके उसको पेस्ट करिए गारंटी देता हूं मैं आपको कि वो एरर आपसे पहले कई लोगों को आ चुका होगा और उसका जवाब भी कई लोगों ने पहले से दे दिया होगा तो इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है आपको डीबगिंग करने में भी आसानी होती है ठीक है डीबगिंग का मतलब क्या होता है डीबगिंग का मतलब जो होता है हम अपने एरर को सोल्व करते हैं उससे हम डी बगिंग कहते आसान भाषा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते रहेंगे ठीक है और दोस्तों तीसरा जो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो कि हम देख चुके हैं रिएक् जो है पूरा के पूरा कंपोनेंट पे ही डिसाइड है और पूरा पूरा कंपोनेंट पे ही निर्धारित होता है ठीक है तो कंपोनेंट का एक कलेक्शन है रियक जो है कंपोनेंट का एक कलेक्शन है उस कलेक्शन के थ्रू जैसे पजल्स होता है हमारे पास पजल हम छोटे छोटे पज़ल्स के टुकड़े की मदद से एक बड़ा सा जो है आर्किटेक्चर बनाते हैं या आप एक बड़ी सी इमेज बनाते हैं तो वो जो पजल्स होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं तो यहाँ पे हम कंपोनेंट की मदद से ही बड़े से बड़े एप्लीकेशंस बना सकते हैं वेबसाइट्स बना सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तो ये था हमारा रिएट का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो सजेशन हो क्वेरी हो आप हमको एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग बने रही हमारे साथ